मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हमेशा अपने अलग अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं उनका जमीन से जुड़ा हुआ अंदाज ही उन्हें सबसे अलग बनाता है कभी वे खेत में बैलगाड़ी चलाते हुए दिखते हैं तो कभी ट्रैक्टर पर और अब कृषि मंत्री झूले का आनंद लेते हुए नजर आए हैं बचपन में झूले झूलना सावन में गाँव में झूले डालना और गाँव के लोगों के साथ मिलजुल कर मनाना अब देखने को नहीं मिलता लेकिन कृषि मंत्री कमल पटेल कुछ अलग हटकर है वे कोई मौका नहीं चूकने देते कमल पटेल का अंदाज उन्हें अपने समकालीन नेताओं से एकदम अलग करता है वे खुद को गांव और परंपराओं से जोड़े रखते हैं हरदा में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकालने से पहले वे हरदा के एक गांव में पहुंचे जहां पर उन्होंने रुककर गांव में डाले झूले का दिल खोलकर आनंद लिया और झूले पर जमकर झूले और अपने बचपन के दिनों की यादों को ताजा किया